कृष्णा दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि खास भास्कर में दिया परीक्षा शुल्क नहीं इसलिए बिना कोर्स वालों ने भी भरा है फॉर्म बयानवे हजार आवेदन हो गए निरस्त इसका मतलब है कि जो लोग टीटी में या बी और डीएड अनिवार्य मंगा गए जो लोग टी टी एग्जाम देने जा रहे हैं वो बी और डीएड डी नहीं किए हैं उनका एग्जाम आपका देखिए यहाँ पर बयानवे आवेदन निरस्त होंगे साथ ही जो लोग बाईस साल में तीन दशमलव सत्ताईस लाख ने कोर्स किया है लेकिन परीक्षा दिलाने में चार दशमलव उन्नीस लाख ने फॉर्म भरा है इसका मतलब अब यही है कि यहाँ पर देखिए जो लोग अभी तक बीएड डीएड का क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं जो लोग उसमें बीएड का क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोगों का उन लोग भी वहाँ फॉर्म भर चुके हैं तो उन लोग का भी बयानबे से अधिक आवेदन होंगे निरस्त साथ ही देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं शिक्षक पात्रता भर्ती यानी कि टीटी में शामिल होने वाले उम्मीदवार पहली पर पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है लेकिन इसका असर यह है कि पहली यानी कि पाँचवीं में टीटी के लिए 4.19 लाख और छठवीं या आठवीं परीक्षा के लिए तीन लाख आवेदन जमा हो गए हैं रिकॉर्ड आवेदन जमा होने के पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली बात जानकारी सामने आई है कि टी परीक्षा में वही शामिल हो सकते हैं जिन्होंने बी या डी किया है राज्य बनने के बाद 22 साल में इन दोनों कोर्स को करने वाली जो करीब संख्या है 3.27 लाख लेकिन इस साल टीटी में 4.19 लाख आवेदन आए हैं कितने हैं 4.19 लाख यहां पर आवेदन आए हैं लेकिन कोर्स कितने किए हैं 3.27 लाख के आसपास यहां पर कोर्स किए गए हैं यानी कि आपको तो बयानबे हज़ार से अधिक यहां पर फॉर्म निरस्त होंगे ठीक है साथ ही यह भी देखिए यहाँ पर पहले तीन सौ रुपये परीक्षा शुल्क इसलिए आवेदन आते थे कम लेकिन यहाँ पर व्यापम से ठीक है व्यापम से परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन सौ तक की फीस ली जाती थी लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने इस साल व्यापम और पी के आयोजित होने वाली परीक्षाओं के तहत शुल्क को माफ कर दिए गए हैं साथ ही हर साल बी की सीटें डर बढ़ रही बाईस वर्षों में दो, दो लाख रुपया साथ ही यहाँ पर दो लाख से अधिक और राज्य में देखिए पाँच साल में बीएड करने वालों की संख्या जो है दस हज़ार हो गई है और डी करने वालों की संख्या करीब एक दशमलव अट्ठारह लाख है डी करने वालों की संख्या कितनी है एक दशमलव अट्ठारह लाख ठीक है यही आपको जानकारी देना था और साथ ही देखिए यहाँ पर परीक्षा का 18 सितंबर होंगे प्रवेश होगा आपका पत्र जल्द होगा जारी ठीक है आप लोग तैयारी करते रहें परीक्षा आपका 18 सितंबर को ही होगा सी सी टी टी का आप लोग अच्छे से तैयारी करें अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब